ठोक लिया लक्ष्मणिया सुन ला, राम प्रसाद मेघवंसी रोकलिया ठोक लिया जय लक्ष्मणिया dari sala dari mege <laughs> 1c kok liah <laughs> I'm still your only.